ये स्वीकार करे लोग चाहे छत सिना गोलियों से पार करे लो चाहे छत सिना गोलियों से पार करे लो